फाइनेंस के नियम अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली है गरीब है आप लोग ये फाइनेंस के नियम के बारे में जानना ही चाहिए नंबर वन अपनी कमाई से कम कर्ज करो नंबर टू से फंड रखो नंबर थ्री बड़े लोन खत्म करो नंबर फोर फाइनेंस आपका व्यवहार है नंबर फाइव दो या तीन जगह से पैसा कमाने सीखो नंबर सिक्स पैसा का प्लान बनाओ नंबर सेवन अगर आप लोग दो या तीन जगह से पैसा कमा रहे हो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखो आपको ये सभी नियम अपनाना चाहिए इससे आपको बेहद सहायता मिलेगी